मुबारक का महीना आ रहा है मुकद्दस और बाबरकत रहमतों महीना आ रहा है इस महीने की हम अभी से ही तैयारी शुरू कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुबारक का महीना आता था तो उससे पहले ही शामान के महीने में ही रोज़ा रखना शुरू कर देते थे ताकि हम रमज़ान को पहले से ही तैयार कर सकें तो मेरे भाई रमज़ान की पहली इबादत क्या है रोज़े रखना तो मेरे भाई अभी से ही रोज़े रखना शुरू कर दें दूसरी बड़ी इबादत क्या है रमज़ान मुबारक की तरावी पढ़ना तो हम अभी से क्या करें तहज में उठने की कोशिश करें हिम्मत करें और उसी में ही कलाम पाक की तिलावत करें ये काम करना शुरू कर दें अगर ये नहीं हो पा रहा तो मेरे भाई अभी से ही फ़जर की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें फजर में उठें और उससे पहले थोड़ा उठें ताकि हम कलाम अल्लाह की तिलावत कर लें अब अच्छा तीसरी चीज क्या है कि हम अभी से ही गुनाहों से पाक साफ हो जाएं। अभी से हम गुनाहों को छोड़ दें ताकि हम अपने आप को रमज़ान में तैयार कर सकें आपको पता रमज़ान का असल मकसद यही होता है कि हम तखबा और परहेजगार बन जाएं, हम गुनाहों और गंदगियों से पाक साफ हो जाएं। लेकिन हम अगर अभी से छोड़ेंगे गुनाह करना तभी हम जो है वहाँ तक पहुँच पाएंगे रमजान में अपने आप को तैयार कर पाएंगे तो मेरे भाई गुनाह कौन से गुना ये हैं कि हम माँ बाप की नाफरमानी बहुत कर रहे हैं आँखों से बदनजरी बहुत हो रही है इंटरनेट पे बैठ के स्वाइपअप करते चले जा रहे हैं वीडियो देख रहे हैं बहुत चीज़ें देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों से बचना अपने आप को बचाना है और माँ बाप का एहतराम करना उनकी दुआएँ लेना तभी हमें इबादत करना